हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल में दोस्तों एक मेरे पास एक ई आया है ये टाटा नैनो में भी लगता है और आर 200 में भी लगता है और ड्यूक में भी लगता है बहुत सारे ई बहुत सारे गाड़ियों में ये वाला ई लगता है ठीक है और अपने बहुत सारे भाइयों को दिक्कत आती है पिन नोट को ऑन करने का कैसे ऑन करना है कभी कभी क्या होता है ई का पिन मिलता नहीं है ठीक है तो मैं कैसे इसको डायग्नोस करता हूँ ई सी एम को पिन कैसे मैं बनाता हूँ मैं खुद कैसा ई एम को ऑन करता हूँ वो आज हम आपके बारे में आज इसके में बारे में बात करेंगे कोई भी ई सी हो तो मैं कैसे मेरे तरीके से मैं कैसे मैं ई सी के अंदर पिन बनाता हूँ कैन लो कैन ही हो गया ई सी को ऑन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा मेरे पास दो ई सी है ये ई सी ऑन नहीं हो रहा है ठीक है ऑन नहीं हो रहा है ये किस वजह से ऑन नहीं हो रहा वो मैं बाद में देखूँगा तो मैं इसके अंदर पिनोट कैसा बनाए ये मेरा मैटर है अभी आप सबको बताने का मैटर ये है इसके अंदर पिनोट कैसे बनाए ठीक है इंजेक्टर कॉइल का कैसा हो गया यह सब आपके तरीके से आपको थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ती है और आपके पास डेटा होना चाहिए डेटा रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप खुद बिना किसी की हेल्प के आप खुद इसका पिन बना सकते हैं ठीक है ठीके? वो कैसे मैं आपको बताऊंगा ये एम सेवन शायद वो जो भी है चलो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है अभी ई को ऑन करने का क्या इसका सिस्टम है वो मैं आपको बताऊंगा देखो सबसे पहले कोई भी आपको ई ऑन करने के लिए एक नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए जो चाबी मेन पॉजिटिव जो बोलते हैं वो यानी दो पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए ठीक है ई को ऑन करने के लिए और ई को स्कैन करने के लिए एक कैन हाई एक कैन लो चाहिए यानी टोटल पांच वेयर आपको चाहिए प्रॉपर आप ई ऑन कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं ठीक है अभी मेरे पास इसका पिन नहीं है मान के चलो एक्साम्पल मान के चलो अभी मेरे पास इसका पिन नहीं है अभी मैं क्या तरीके से इस ये ई को ऑन करूंगा ऐसा मेरे पास दूसरा ई है ये ई ऑन नहीं हो रहा है ठीक है अभी मैं इसका पिन बनाने की कोशिश करूंगा क्या कैसे इसको बनाते हैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मल्टीमीटर लेता हूँ मल्टीमीटर में कनेक्टिविटी रेंज ये पूरा कनेक्टिविटी रेंज में काम होगा देखो अभी मैं मल्टीमीटर लिया हूँ कनेक्टिविटी की रेंज पर रखाऊँ देख सकते हैं कनेक्टिविटी की रेंज पर रखाऊँ सबसे पहले मैं क्या लूँगा पॉजिटिव नेगेटिव दो पॉजिटिव एक नेगेटिव इसको फाइंड आउट करूँगा किधर है मेरा ठीक है ये मेरा नेगेटिव हो गया ये जो मेरा ईसम की जो सेड की जो कॉर्नर आती है ये नेगेटिव हो गया आपको इधर से इधर से और ईसीएम के अंदर आपको अर्थिंग नहीं मिल रही है ग्राउंडिंग नहीं मिल रही है तो जो आई होती है पावर आईसी या सिस्टम आईसी सिस्टम आईसी के सेंटर में भी रख के आप अर्थिंग को यानी ग्राउंड को फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा आपका पॉइंट ग्राउंड का रहता है ठीक है अभी मैं चेक अभी मेरे को इतना मालूम है बोर्ड के अंदर ये बारह वोल्ट का कैपेसिट रहे ठीक है अभी मैं क्या करूँगा सबसे पहले ग्राउंड को फाइंड आउट करूँगा ये जो मेरा रहता है ये सेट जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बाजी में जो लकी है ब्लैक कलर का ये रहता है मेरा नेगेटिव ये रहता है मेरा पॉजिटिव ठीक है इधर अभी मैं ग्राउंड को लेता हूँ ठीक है यानी मुझे ग्राउंड का वायर मिल गई है अभी ये पिन में कौन सी पिन है ग्राउंड की वो फाइंड आउट करूंगा ये मेरी एक पिन छोड़ के दूसरा पिन और तीसरा पिन और चौथा पिन यानी ये तीनों मेरे ग्राउंड है ठीक है अभी मैं क्या करूँगा ये तीनों मेरे ग्राउंड है ठीक है ये मेरा जो है ग्राउंड है ग्राउंड का सेक्शन ऊपर से तीसरी पिन जो रहती है वो मेरी ग्राउंड है ठीक है इधर मैं चेक कर लेता हूँ ग्राउंड किस पॉइंट पर आ रही है हाँ यानी मेरी एक दो तीन तीन में पहली वही पिन छोड़ के दूसरी पिन जो रहती है वो मेरी ग्राउंड आ रही है तो अभी मैं क्या करूंगा ये ग्राउंड की देखो ये, तो तो तो दिक, ये पहली पिन जो है उसको छोड़ दो और दूसरी पिन जो है वो ग्राउंड है क्योंकि ग्राउंड मेरे को अंदर कैपेसिटी के पास मिल रही है ठीक है देखो अंदर मेरे कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है इस जगह पे मुझे ग्राउंड मिल रही है यानी नेगेटिव मिल रहा है तो अभी मैं क्या करूंगा नेगेटिव एक नेगेटिव की वायर ले, ले लेता हूं थोड़ा वीडियो बहुत लंबा होने वाला है आप देखेंगे तो बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा कैसे आप खुद इसका पिनआउट बना सकते हैं ठीक है यानी मेरा जो ये ग्राउंड कैनबॉक्स का अपना ग्राउंड की वह है दो नंबर का जो ग्राउंड है वो मेरे को अभी पाइंड आउट हो चुका है Ground, अभी मैं इसमें लगा दिया अभी मेरे को चाहिए पॉजिटिव इधर देखो अभी मेरे को चाहिए पॉजिटिव ठीक है अभी मेरे को ये जो कैपेसिटर है इसका तो ग्रोड नेगेटिव मेरे को मिल गया अभी मेरे को चाहिए पॉजिटिव यानी डायरेक्ट 12 वोल्ट ये जो मेरी पिन है आपस में कनेक्टिविटी आ रही है ये बारह वोल्ट से ऑन होता है कैपेसिटर जो है बारह वोल्ट से ऑन होता है वो आप इधर यह सिस्टम इधर से आप टेस्टिंग करोगे तो आप गवे जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा आपको मालूम होना चाहिए ये 12 वोल्ट से आन होता है या 5 वोल्ट से आन होता है ये आपको मालूम होनी चाहिए मेरे को मालूम है ये 12 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है ठीक है इधर 12 वोल्ट की सकली मिलती है तो अभी मेरे को 12 वोल्ट डायरेक्ट चाहिए डायरेक्ट पॉजिटिव चाहिए अभी मेरे को जो आ रही है एक दो तीन चार चारवीं पिन पर मेरे को डायरेक्ट पॉजिटिव मिल रहा है अभी मैं चौथी नंबर की पिन पर पॉजिटिव लगा लेता हूँ चार नंबर की पिन हो गई एक दो तीन चार चार नंबर की पिन अपने को मिलेगी एक दो तीन चार चार नंबर की पिन ये हो गई अभी मैं क्या करूंगा बारह वोल्ट जो डायरेक्ट है वो चार नंबर की पिन में लगाऊंगा ठीक है ये मेरा दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया अभी जो है हाँ जैसे आप चाबी आन बोगे उस पर आपको पावर सप्लाई चाहिए ठीक है वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है जो आपकी सिस्टम आई रहती है सिस्टम आई में देखो मेरे पास इसका डायग्राम है यानी डेटा मेरा पास है अभी मैं क्या करूँगा ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे रख के लेता हूँ अभी देखो पहली पिन छोड़ के दूसरी पिन और तीसरी पिन तीसरी पिन पे मेरा आ रहा है बारह वोल्ट जैसे इग्निशन ऑन करूँगा वो मेरे को मिल रहा है बारह उल्ट अभी मैं वन टू तो थ्री तीन नंबर की पिन से कनेक्टिविटी चेक करूँगा सॉरी दूसरी नंबर की पिन आ रही है हाँ इधर देखो जो उन्नीस नंबर की जो पिन है ये है बारह वोल्ड इग्निशन बीस नंबर आपका ग्राउंड रिले का है और आपका जो उन्नीस नंबर है ये इग्निशन की पिन है देखो ये बीस हो गया ये उन्नीस ये बीस ये उन्नीस उन्नीस नंबर की पिन डायरेक्ट इधर टेस्टिंग करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी इस क्योंकि इसके अंदर एक रजिस्टर आपको रास्ते में मिलेगा ये रजिस्टर मैं इधर लूँगा ठीक है ये रजिस्टर इधर ले लिया और ये रजिस्टर को छोड़ के ये जो मेरा रजिस्टर है रजिस्टर को छोड़ के इसके बाजू से मैं कनेक्शन लूँगा इसका इधर ठीक है इधर से मैं कनेक्टिविटी चेक करूँगा कनेक्टिविटी सीधा अपने ई के पिन नंबर यंग आएगी एक दो तीन चार यानी ये तीन छोड़ के चार नंबर की जो पिन है नीचे से वो हो गई मेरी 12 वोल्ट चाबी ऑन करने से ठीक है जो ये पावर ए जो है सिस्टम ऐसी पावर ए जो भी बोलते हैं इसके पिन नंबर उन्नीस से निकल के बीच में एक रेजिस्टेंस आया है रेजिस्टेंस को छोड़ के इसके बाजू से मैं कनेक्टिविटी लेता हूं तो नीचे से चार नंबर की पिन पे इसकी कनेक्टिविटी मिल रही है यानी ये मेरा हो गया बारह वोल्ट इग्निशन ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ इग्निशन बारह वोल्ट इग्निशन को या इधर लेता हूँ एक दो तीन चार अभी ये मेरा कंप्लीट इग्निशन कंप्लीट मेरा ईसीएम टेस्टिंग करने के लिए ओके अभी मेरे को स्कैन करना है ठीक है अभी मेरे को स्कैन करना है अभी मेरे को कैन लो और कैन हई मेरे को चाहिए अभी मैं क्या करता हूँ देखो इधर अभी देखो अभी देखो मेरे पास इसका डाटा है ठीक है इसके अंदर साफ साफ लिखा है पिन नंबर फोर्टी और पिन नंबर फोर्टी ये रहती है कैन लो और कैन हई अभी मैं लेता हूँ पिन नंबर फोर्टी पिन नंबर फोर्टी लेता हूँ ठीक है अभी देखो 52, 51, 50, 49 ये मेरी आती है पिन नंबर 48 कैन लो ठीक है अभी मैं कैन लो इधर डायरेक्ट लेता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट आएगी रेजिस्टेंस शायद नहीं आएगा इस जगह पे मुझे मिल रहा है देखो इधर, देखो पिन नंबर 48, पिन नंबर 48 अभी मैं लूंगा फिफ्टी टू फिफ्टी हो गई और अपना फिफ्टी फोर्टी अपना एम का पांचवल रेफरेंस हो गया और 58 यानी एक दो तीन चार पाँच पाँच नंबर की पिन जो है मेरी कैन लो है एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच इधर से मैं ले लेता हूँ पहले कहीं पे मैं कनेक्टिविटी पहले ले लेता हूँ हाँ इस जगह पे मेरे को मिल रही है क्योंकि डैग्नोज करने में थोड़ा इजी रहेगा अभी देखो पहली लाइन दूसरी लाइन में पहली जो पिन रहती है वो मेरी हो गई कैन लो ठीक है कैन लो अभी मैं ये भी मेरे को फेंड आउट हो गया कैन लो अभी मैं लगाऊंगा कैन लो ये मेरी कैन लो की वजह है अभी मैं पहली जो ऊपर की लाइन छोड़ के जो नीचे की पहली लेन है वो हो गई मेरी कैन लो और इधर देखो और मेरी 47 जो हो गई वो कैन हई हो गई अभी हमने इसको टेस्टिंग किए थे अभी मेरी 47 जो है वो कैन हाई हो गई अभी मैं कैन हाई की वायर को इधर लेता हूँ और इधर कनेक्टिविटी चेक करता हूँ किधर आ रही है देखो पहली लेन हो गई दूसरी लाइन हो गई दूसरी लेन में पहली पिन जो है वो कैन लो है और कैन हैई उसके नीचे की जो पहली पिन है वो हो गई अपनी कैन हाई। ठीक है अभी मैं कैन हई इधर से ले लेता हूँ पिन नंबर पहली लेन छोड़ दिए दूसरी लाइन में कैन लो और कैन हैई अपनी हो गई पहली पिन हाँ ये मेरा कंप्लीट डायग्नोस करने का तरीका ये मेरा सिस्टम है उठो ये मेरा कंप्लीट टेस्टिंग करने का ये मेरा सिस्टम है और बायमिस्टेक आपको जीपीटी चाहिए जीपीटी टी वन चाहिए जीपीटी टी जीरो चाहिए वो भी आप डायग्नोस कर सकते हैं मगर अभी फिलहाल आपको मैं ई को ऑन करने का तरीका बता रहा हूँ आप देख सकते हैं आपके पास ऐसा डेटा होगा तो आप बड़े आसान से डायग्नोज कर सकते हैं हालांकि मुझे दिमाग में ही है Uh, 4004849 की जो आई रहती है उसके अंदर से कितने नंबर पे पॉजिटिव निकलेगा कितने नंबर पे नेगेटिव निकलेगा नेगेटिव मेन रिले के लिए और जो कॉयल इग्निशन जो कॉयल होते हैं उसके कौन सी पिन है वो सब मेरे को ऐसा ही दिमाग में रहते हैं तो ये तरीके से मैं डिग्नोस करता हूं अभी मैं क्या करूंगा पिनोट सब लगा दिया अभी मैं स्कैन करने की कोशिश करूँगा ठीक है ये अपने खुद के तरीके से हम इसको कोई भी आप ई ले लो कोई भी आप ई आपके खुद के हिसाब से आप बना सकते हैं अभी देखो स्कैनर में ऐड किया स्कैनर में कनेक्ट कर e में जाऊंगा अभी मैं स्कैन करके देखूंगा क्या मेरा ई सी ऑन हो रहा है क्या क्योंकि हमने जो डिग्नोज किया है पॉजिटिव नेगेटिव सारा कुछ ये प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है क्या हाँ मेरा देखो ऑन हो गया ई कम्युनिकेशन हो गया इंटर री ट्रबल कोड जेनरिक देख सकते हैं ये ई मेरा कम्युनिकेशन हो चुका है तो ये तरीके से हम ई को डायग्नोस करते हैं और यही तरीके से हम ई का खुद ई को ऑन करने का पिन नोट हम खुद बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग पका के आप काम कर सकते हैं कोई भी ई हो वर्ल्ड का कोई भी ई हो थेरी सारी की सारी एक ही रहती है थोड़ा आप ऊपर नीचे ले आप काम कर सकते हैं सी की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप मीटर भी ऑन करना है ई भी ऑन करना है वीसीएम भी ऑन करना है तब भी आप ऑन कर सकते हैं आपके हिसाब से आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको सफल कामयाबी जरूर मिलेगी ठीक है फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स में सब्सक्राइब करें और आपको देखो जमीर भाई ने बता दिया ये कैपेसिटी से बारह ओल्ट निकलता ऐसा नहीं होता कोई कोई एशियन के अंदर पांच वोल्ट निकलता है तो आपको एशियन के अंदर देखने से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए यह बारह वोल्ट फिल्टर हो कैपेसिटर है या पाँच वोल्ट का कैपेसिटर है यह आपको मालूम होना चाहिए ठीक है तब जाके आप डायग्नोस कर सकते हैं देखो इसके अंदर आपको पूरा डाटा रहता है जब तक आपका प्रॉपर आपका पास डेटा नहीं रहेगा आप डायग्नोज कर ही नहीं पाओगे प्रॉपर आपके पास डेटा होना चाहिए देख सकते हैं इग्निशन वन इग्निशन कोयल टू इग्निशन कॉयल थ्री इग्निशन कॉयल फोर जो मेरी पिन नंबर थर्टी थ्री है वो इग्निशन कोयल की देख सकते हैं अभी मैं डायरेक्ट चेक करूँगा पिन नंबर थर्टी थ्री ये मेरी पिन नंबर थर्टी थ्री है ये मेरा इग्निशन सेक्शन है देखो ऐसा नहीं आएगा इसके बीच में एक रजिस्टरेंस आपको मिलता है इसके बावजूद से आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको वो कनेक्टिविटी ट्रेसिंग करने में आसानी होगी देखो अभी मान के चलो आपका एक नंबर का कॉयल काम नहीं कर रहा है ठीक है ये तो जाएगा आपका डायरेक्ट इंजेक्टर हो गया या आपका कॉयल हो गया ये आपको डायरेक्ट डर जाएगा ठीक है इधर आपको कनेक्टिविटी चेक कर लिए तो आपको ये मालूम हो गया मेरा जो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम से जो आउटपुट निकल रहा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए इसके अंदर आउटपुट कौन सा है इनपुट कौन सा है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए ये मेरा आउटपुट है आउटपुट मेरा पिन नंबर टू से निकल रहा है ठीक है पिन नंबर टू को आउटपुट निकल रहा है इसेम से बाहर निकल रहा है ठीक है ये हो गया और दूसरा जो नीचे का जो पहला पिन है वो है रहता है ग्राउंड ठीक है ये जो है रहता है सिग्नल सिग्नल वो जो बोलते हैं ना ड्रेन सोर्स गेट यह मैं सिस्टम बता रहा हूँ ये अपना ग्राउंड ये अपना आउटपुट पिन नंबर दो पे निकल रहा है जो ये सिग्नल इसको चाहिए रहता है जो पावर आईसी से जो निकलता है इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आ रही है इधर से आपको रेजिस्टेंस तक कनेक्टिविटी चेक करना है और इधर से आप इधर टेस्टिंग करेंगे तो नहीं आएगा और इधर से लेके जो रेजिस्टेंस रहता है रजिस्टेंस के बाजू से ले आपको पिन नंबर पहली पिन पिन नंबर इधर को आपको देखना रहता है तब जाके आपको इसका कनेक्टिविटी मिलती है तो आप मेरे को ये मालूम हो गया मेरे को ये मालूम हो गया ये जो ये जो सिस्टम जो ये सर्किट है सर्किट मेरी ओके है ठीक है ऐसा ही हम कोई भी ई हो या कोई भी कंपोनेंट हो तो हम ऐसा ही टेस्टिंग करते हैं हम मैं ऐसा लेके डायरेक्ट इधर से टेस्टिंग करूँगा तो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी तो उसके बीच में रेजिस्टेंस जो आती है रेजिस्टेंस का काम क्या है वैल्यू को कम कर देता है ठीक है इधर से बारह वोल्ट मान के चलो जैसे बारह वोल्ट आ रहा है रेजिस्टेंस क्या करता है उस वैल्यू के हिसाब से उसको कम कर देता है तो आपस आप में उसकी कनेक्टिविटी नहीं मिलती है ये हमारा सिस्टम रहता है ई को डिग्नोस करने के लिए तो ऐसा ही आप कोई भी ई हो तो सबसे पहले आप आराम से आपके हिसाब से पिन नोट बना सकते हैं आपके खुद के हिसाब से पिनोड बना सकते हैं और कोई भी सर्किट आपका काम नहीं करो इंजेक्टर काम नहीं कर रहा हो या कुछ भी काम नहीं कर रहा हो तो आपको कंपोनेंट की पहचान होनी चाहिए कौन सा कंपोनेंट मेरे किस लिए यूज़ में लिया गया है और उसके बाद आपको आती है ट्रेसिंग की जब तक आप ट्रेसिंग सही तरीके से ट्रेसिंग नहीं करोगे तब तक आपको मैं लिख के दे देता हूँ इसम का काम आप परफेक्ट कर ही नहीं पाओगे ट्रेसिंग सबसे पहले हमारी लाइन के अंदर ट्रेसिंग ही मेन पॉइंट रहता है ठीक है ट्रेसिंग मेन पॉइंट रहता है ट्रेसिंग के अला बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते ट्रेसिंग और नेक्स्ट और ये कोई भी ईसीएम आप ले लो उसके अंदर आप ये कोई एक दिन आप सही इसकी वैल्यू पहचान लोगे ना ईसीएम के अंदर तो ये मानो आपके पास एक ईसीएम आया है ये ईसीएम आपका बन पड़ा है या ख़राब पड़ा है या कोई काम नहीं कर रहा है आप टेस्टिंग करते जाओगे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जिस दिन आपको एक रेजिस्टेंस भी फॉल्टी मिल गया ना तो आप समझ जाओ आप परफेक्ट काम वाले बन के ही रहोगे बिना जब भी आप ई सी को डायग्नोज करते रहोगे जब तक आप एक रजिस्टेंस आप फाइंड आउट नहीं लेते तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते पहले आपको रजिस्टेंस जो उड़े हैं या खराब हुए हैं उनको फाइंड आउट करना रहता है सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू और वो जो फॉल्ट है नहीं है वो आपको मालूम रहना है और उसके बाद ट्रेसिंग ट्रेसिंग एक और दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा आपका आपके खुद के हिसाब से कैन लो कैन है ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके खुद के हिसाब से बिना किसी हेल्प के आप बना लोगे तो कोई आपका पास ऐसा ई नहीं है बनी नहीं सकता मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ हंड्रेड आपके पास ई बनेगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और वीडियो में आ, कमेंट्स में बताइए ऐसा वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा थैंक्स फॉर वाचिंग।